हेलो फ्रेंड हाय मिस्टर इंडिया चिंज लाइफ चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टैलेंट को कैसे पहचाने तो इस वीडियो में बने रहें आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसे सुनने के बाद आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचान सकते हैं कुछ दिन पहले की बात है मैं कहीं जा रहा था तो मुझसे एक दोस्त पूछा कि मैं अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानें तो मैंने उसको बताया कि सुनो सबसे पहले तुम यह पता करो कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा रुचि किस में है वह क्या काम है जो तुम्हें करने में खुशी और मन लगता है जिस दिन तुम्हें यह समझ में आएगा उसी दिन तुमको भी पता चल जाएगा तुम्हारा टैलेंट क्या है फिर वह दोस्त कुछ दिनों के बाद हमें बताया कि मुझे पता चल गया कि मेरा टैलेंट क्या है तो उसने बताया कि नए नए जानकारी को सीखने और समझने में मुझे बहुत रुचि है जैसे इतिहास का नॉलेज क्रिकेट का नॉलेज इत्यादि तो मैं बोला वही तुम्हारा टैलेंट है अब उस टैलेंट को लोगों तक कैसे पहुँचाना है यह आपके ऊपर है उसी टैलेंट को यूज करके आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो लेकिन आपने यह जरूर सुना होगा पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो टैलेंट को पहचान कर कुछ करने जाएंगे तो लोग आपको कहेगा कि तुम कहेगा कि तुम सही काम नहीं कर रहे हो क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता वही व्यक्ति आपको कहता वही व्यक्ति आपको कहेगा कि तुम यह काम नहीं कर सकते हो इसलिए अब आपको सोचना है कि करना क्या है क्योंकि लोगों सिर्फ रिजल्ट या सफलता चाहिए सफल कैसे बने यह कोई नहीं जानना चाहता है आप अपने अंदर के टैलेंट को यूज करके उस टैलेंट के जरिए आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं आजकल के लोगों को देखते हैं कि एक दूसरे को देखकर नकल करते हैं और जो सामने वाला व्यक्ति समझाता है आप भी वही काम करने लगते हैं भले ही आपका मन लगे या ना लगे खुशी मिले या ना मिले उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है खासकर स्टूडेंट सोचता है कि जो काम करके सामने वाला व्यक्ति सफल हो गया है वही काम करके मैं भी सफल हो जाऊँगा एक बात समझ लीजिए नहीं तो आप बर्बाद हो जाइएगा एक दिन आप भी कहीं का भी नहीं रहिएगा मैं यह मैं यह गारंटी देता हूं इसलिए आपको जो सही लगे जो अच्छा लगे एवं आप अपनी इच्छा से करें और दिखावा कुछ भी ना करें कि कि आप क्या कर रहे हैं आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति सोते सोते या बैठे बैठे अपने अंदर के टैलेंट को नहीं पहचान पाएगा और इस सृष्टि में खास बात है कि आप जैसा बने सोचेंगे वैसा बन जाएँगे जब आप कुछ भी सोचते हैं तो उसे पूरा करने के लिए पूरा सृष्टि आपके विचारों पर काम करने लगता है ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें एवं आपका सोच और आपका काम आपको टैलेंट को पहचानने में मदद करेगा यह एक जादुई दुनिया है हर व्यक्ति को एक जादुई छड़ी जरूर दिया है जब आप शोक और सुबह के समय में देखते होंगे कि कैसे सूर्य अपने प्रकाश को पृथ्वी पर धीरे धीरे पहुँचाता है उसी तरह आपका भी टैलेंट है जो आपके सोच और आपके किए गए काम यह आपको बताना चाहता है कि आपको किस ओर जाना चाहिए बस आपको समझने का देर हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। मैं दुआ करता हूं कि आपका टैलेंट आपको जल्दी ही पता चल जाए ओके फ्रेंड थैंक यू बेस्ट ऑफ लक